ये दोस्तों नई बुक है ठीक है एज की है ये कुबेर का खजाना मेरे पास इसमें तो है क्योंकि मैंने पहले ली नहीं है ये बुक फर्स्ट बार है न्यू बुक है मुझे इसका आइडिया नहीं है बिल्कुल भी आपको मिलाना है अपने हिसाब से देखना है जो लोग पिछले वीकून लिए थे तो अब तक जो पासिंग निकल गया है उसको छोड़ देते हैं आप पासिंग चेक कर लेना ये एक और दो तारीख का है तीन और चार तारीख का है पाँच और सात तारीख का दिया हुआ है ठीक है सात तारीख से स्टार्ट करते हैं फाइव और नाइन से नाइन पास हुआ है, अपन मान के चलते हैं ठीक है मंगलवार सेवन पास हुआ है ऐसा अपन मान के चलते हैं ठीक है बुधवार में जीरो पास हुई है तीनों दिन कंटिन्यू पास है ठीक है आज बात करते हैं गुरुवार की तो इक्का और जीरो था तेरह की फैमिली में जोड़ी थी तो ये भी कट में अंक ओ में पास है दोस्तों ठीक है आई थिंक बुक बहुत अच्छा चल रहा है इस हिसाब से शुक्रवार में चार और जीरो है तो चार पाँच नौ जीरो ओ में दिया हुआ है मिला लेना अब तक का पास है। देख लो आप लोग सोमवार ठीक है 93 की जोड़ी बनी थी 9 पास हुआ है मंगलवार 71 की जोड़ी बनी थी सत्तर पास है बुधवार जीरो पाँच की जोड़ी बनी थी जीरो फाइव दोनों पास ठीक है अब बात करते हैं गुरुवार की तो आज एक कट छः हुआ है तेरह की जोड़ी है ओ में भी नीचे अंक दिए हुए हैं ये आपका शुक्रवार है जिसमें चार और जीरो तो दस तारीख तक निकल चुका है ग्यारह तारीख से चार और जीरो है ठीक है शनिवार में छः और नौ है नीचे लाइन दी हुई उसको भी देख लेना एक की लाइन दी हुई है पर के लिए अलग अलग चौदह तारीख़ में चार और जीरो है जिसमें फोर नाइन फाइव जीरो है और ये है दोस्तों शनिवार जिसमें दो और छः दिया हुआ है उन्नीस तारीख है फिर इसके बाद इक्कीस तारीख़ में पाँच और चार है तो फाइव जीरो फोर नाइन की ओटीसी लाइन है ठीक है पंद्रह तारीख वाला वीक डेट क्योंकि आगे पीछे है तो पंद्रह तारीख में तीन और आठ थ्री एट फोर नाइन ओ रहेगा पंद्रह तारीख दिन मंगलवार यानी ट्यूसडे वेनस्डे बुधवार सोलह तीन दो हज़ार बाईस जिसमें चार पाँच नौ जीरो रहेगा ओटीसी टी पर डे उसके साथ अंक और जोड़ी दी हुई है डेट बाइस ठीक है सत्रह और अट्ठारह तारीख सत्रह तारीख यानी दिन गुरुवार एक और तीन रहेगा एक तीन, की ओ लाइन है शुक्रवार सात नौ की ओ लाइन है सत्रह और अठारह तारीख़ में इसके बाद छब्बीस तारीख और अट्ठाईस तारीख में आ जाइए तो दो छः है दो छः सात एक है और अट्ठाईस तारीख में तीन चार आठ नौ है ये लाइन है सात में चार चार जोड़ी दी हुई है अब बात करते हैं मंगलवार बाईस तारीख और तेईस तारीख इसमें एक छः पाँच जीरो है तेईस तारीख दिन बुधवार में दो सात गुरुवार जिसमें थ्री और नाइन है थ्री एट फोर नाइन की ओटीसी लाइन है शुक्रवार जिसमें एट नाइन है थ्री एट फोर नाइन की ओटीसी लाइन है पच्चीस तारीख वाले बीच में कुछ खास ट्रिक दी हुई है जिसमें से सोमवार को फोर्टी एट की जोड़ी निकल चुकी है नाइन्टी थ्री बनी थी और बुधवार से शुक्रवार तक में दो सात एक छः की ओटीसी टी लाइन थी तो आज मान के चलें अपन छः लग चुका है अब शनिवार में उन्नीस तारीख में सिंगल अंक की स्कीम है दोस्तों जिसमें दो से नौ की एक की जोड़ी दी है अचूक जोड़ी है उन्नीस तारीख मिसमत करना टोटल भी लेके चलना ठीक है लास्ट जोड़ी है आपकी मंगलवार 22 तारीख जिसमें 59 और 89 की जोड़ी है इसके साथ बुक समाप्त होती है बेस्ट ऑफ लक तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद